Well, मस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल सुपर यू फॉरवर्ड के आप सभी तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो बनना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोस्त देने में मेरी माँ ने एक बात सिखाई हारो मत हार को हराओ जिनमें अकेले चलने की हौसला होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफी लोग होते हैं हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है भाग्य दूसरों को दोस्त क्यों देना जब सपने हमारे हैं, तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई क्यूँकी लोग सिर्फ तसली देते हैं साथ नहीं रास्ते बदलो मत रास्ते बनाओ रास्ते बदलो मत रास्ते बनाओ चिंता और दूर करने के पास एक ही उपाय है आंखें बंद करके सुबह शाम बोली भाड़ में गई दुनिया दुनिया का असूल है दुनिया का असूल है जब तक तो काम है तब तक तो तो तेरा नाम है वरना दूर से ही तुझे सलाम है